श्री गुरु चरण सरोरज निज मन मुकुर सुधारी वरणोरघुबर विमल जसु जो दाय कुारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या तिहु ती लोक उजाग रामदूत अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमतिकेशी कंचन वरण विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केस हाथ और ध्वजा विराज कांधे मूज जने साजे शंकर सुमन केसरी नंदन प्रताप विद्यावान विद्यावानुनी अति राम काज को आतुर प्रभु चरित्र को रसिया राम लखन सीता बसिया सूक्ष्म तट रूप धरि लंक जड़ाव भीम रूप धरि असुर सं राम जी के काज सवारे लाय संजीवन लखन जिया श्री रघुवीर हर सिर लाय श्रीपतिकी नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस वदन तुम्हरोश गावे हस कही श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद शारद सहित कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि को विधि कही सकते नाम राज पद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्त्रो जन पर भानु दिलियो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमाही जल्दी गए लांग दुर्गम काज जगत के जेते अनुग्रह तुम रे तेत राम दुआरे तुम रख हो त्ञा विनुपैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हूँ को डरना आपन तेज सम्हारो साच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे न से रोग हरे सब पीरा जबत निरंतर हनुमत वीरा संकट के हनुमान चुरावे मन क्रम वचन ध्यान जो लिया सब पर राम तपस्वी राजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा हे प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के खवारे। असुर निकंदन राम दुला दिन वनिधि के दाता अश्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पास सदारोह रघुपति के दासा तुम्हारे राव अंतकाल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त काय और देवता चित्र धरे हनुमत से सर्वसुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिर हनुमत बलवीरा जय जय जय हनुमान गुदाय कृपा करहूँ गुरु कि न कोई ही बंदी कोई तो पड़े हनुमान चालीसा की गोड़ी गौरीसा तुलसीदास सदा हरिचेरा की जय नाथ हृदय मह ढेरा पवन तनय सं मंगलमूर तिरो राम लखन सीता की जै। जै। की जय जय प्रभु राम जी के दुलारे की सीता मैया के प्यारे की कदाधारी की की वाली की जी की जी एक बचरंगी कीाम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 जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री श्री राम राम एक ही ही एक नाम जय श्री राम जय श्री राम एक एक ही ही नारा नाम जय श्री राम जय श्री राम एक एक ही ही नारा नाम जय श्री राम जय श्री राम जय जय जय जय जय जय श्री श्री श्री श्री श्री श्री राम राम राम राम राम राम